नमस्कार साथियों स्वागत करते हैं आप सभी का निश्चय अकेडमी पर आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव उससे संबंधित जो है यह है हमारा पार्ट थ्री है इसके पहले जो है हमने पार्ट वन और पार्ट टू जो है अपलोड कर दिया गया है तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उन्हें भी जरूर देखिएगा साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी यह वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन इसकी पहुंच जाए साथ ही अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है निश्चय अकेडमी ऐप इसको जो है आपको डाउनलोड करना होगा और यह जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप ओपन करके जो है आप इसकी पी ले सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है चार ऑप्शन है यहाँ पर अलीराजपुर गुना छतरपुरिया, या तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन ए अलीराजपुर जो आपका जिला है यह मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि दो अन्य राज्यों की सीमाओं के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है आइए झाबुआ जिले के में में अलीराजपुर जिला दो अन्य राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दे कि मध्य प्रदेश में छह ऐसे जिले है जो की अपनी अपनी जो सीमा है दो राज्यों के साथ जो है आपकी साझा करते हैं इसमें पहला हो गया आपका अलीराजपुर दूसरा है जहबुआ तीसरा यहाँ पर आ जाएगा बालाघाट चौथा आ जाएगा आपका यहाँ पर सिंगरौली पांचवा आ जाएगा शिवपुरी और छठवां आ जाएगा यहाँ पर मुरैना तो यह मध्य प्रदेश के छह ऐसे जिले हैं जो कि अपनी सीमाएं दो राज्यों के साथ जो है साझा करते हैं देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है चार ऑप्शन है मालवा और बुंदेलखंड के साथ ग्वालियर और मालवा के साथ उज्जैन और सांची के साथ या बुंदेलखंड और सांची के साथ तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन ए मालवा और बुंदेलखंड के साथ जो है यह अपनी सीमाओं को बांटता है देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी चंदेरी जो है जो कि आपका अशोकनगर जिले में स्थित है यह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ है इस शहर का इतिहास ग्यारहवीं सदी से जुड़ा हुआ है जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपका हुआ करता था चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है बुंदेल राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है साथ ही चंदेरी जो है अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है तो देखिए चंदेरी में आपका आपका जो चंदेरी है चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है साथ ही साथ यहाँ पर चंदेरी का किला भी आपका स्थित है तो इन दोनों के लिए जो है आपका चंदेरी मध्य पूरे भर में जो है प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है चार ऑप्शन है रिवा अनूपुर सिंगरौली या सहडोल तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी सिंगरौली जो जिला है अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं उनके साथ साझा करता है मध्य प्रदेश के पचासवें जिले के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाले सिंगरौली जो है पूर्व में सीधी जिले की एक तहसील के रूप में कार्यरत था जो अब पृथक जिला बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को जो है साझा करता है तो देखिए मध्य प्रदेश का उच्च उन पचासवा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वह अलीराजपुर जिला है मध्य प्रदेश का पचासवा जिला आपका सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का इक्यावनवां जिला आपका आगरमालवा है जो कि शाजापुर से अलग करके बनाया गया था और मध्य प्रदेश का बावनवा जिला आपका निवाड़ी जिला है जिसको कि से अलग करके बनाया गया है तो यह कुछ इस प्रकार के क्रम थे के रूप में जाना जाता है। चार है भोपाल, ग्वालियर तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है इंदौर को जो है आपके मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है वही अगर भोपाल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के वर्तमान में राजधानी है जबलपुर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी दानी या संस्कृति सांस्कृतिक राजधानी अगर आपसे पूछा जाए याबलपुर तो तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी होने का भी गौरव जो है उसको प्राप्त है इंदौर ही राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व कर अदा करता है इसे मुंबई तथा अहल्यानगरी भी कहा जाता है तथा खेल राजधानी भी आपकी इंदौर है साथ ही लगातार आज चार बार जो है जो इंदौर शहर जो कि आपका मध्य प्रदेश का है स्वच्छता के मामले में लगातार जो है चार बार आपका नंबर वन पर रहा है पूरे देश भर में तो स्वच्छता के साथ भी जो स्वच्छता की बात आती है तो वहाँ जो है इंदौर का नाम अपने आप जुड़ जाता है देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्सों को ढकता है चार ऑप्शन है मालवा का पठार बरार शिवपुरी या मुरैना तो इसका जो आपका सही जवाब बनता है वह बनता है जो मालवा का पठार है पश्चिमी मध्य प्रदेश को लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश का जितना हिस्सा है लगभग पूरे हिस्से को आपका ढकता है बात करें मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में अवस्थित है इसका निर्माण ज्वा ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के परिणाम स्वरूप हुआ है मालवा के पठार का क्षेत्रफल इठासी हजार दो सौ बाईस वर्ग किलोमीटर है जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का छब्बीस दशमलव छः दो अपने पास रखता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हैं कि भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीन भूभाग कौन सा है चार ऑप्शन भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीन भूभाग कौन सा है चार ऑप्शन है यहाँ पर गोंडवाना लैंड दक्षिणी क्षिणी देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू साहित्य का भूभाग है भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रायदीपी पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका जो है माना जाता है देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है चार ऑप्शन है उज्जैन इंदौर जबलपुर या मांडू तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए आपका प्रसिद्ध है साथ ही संगमरमर की नगरी के नाम से भी जो है आपका जबलपुर को जाना जाता है देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी नर्मदा से तेईस किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ा घाट स्थल भी है और यहाँ पर धुआंधल जलप्रपात भी आपका स्थित है यहीं पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है जिन्हें व्यावसायिक तौर पर जबलपुर शहर से आपका प्राप्त किया जा सकता है साथ ही देखिए जबलपुर का एक स्थान था जिसका नाम है लमेरा घाट लमेरा घाट को जो है हाल ही में आपका जो यूनेस्को की संभावित सूची है उसमें शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के दो ऐसे स्थल है पहला आपका लमेरा घाट जो कि जबलपुर में स्थित है और दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इन दोनों को जो है आपका जो यूनेस्को की संभावित सूची है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है तो इन दोनों के भी नाम हमारे लिए इंपोर्टेंट बनते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भोपाल बसा है चार ऑप्शन है सात पहाड़ियों पर पांच पहाड़ियों पर एक पहाड़ी पर या दो पहाड़ियों पर तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पांच पहाड़ियों पर इसलिए भोपाल को जो है पांच पहाड़ियों के शहर के नाम से भी आपका जाना जाता है देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पच्चीस सोरी पिचोत्तर वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है जिलों का यह नगर पांच खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है जिसे विधिवत रूप से परमा राजा भोज ने बसाया था इसलिए इसको जो है जिलों की नगरी के नाम से भी आपका जाना जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है चार ऑप्शन है बाघ राज्य भालू राज्य हाथी राज्य खरगोश राज्य तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में कुछ दिनों पहले जो तेंदुआ प्रदेश का जो खिताब है वह भी जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है तो तेंदुआ प्रदेश के नाम से टाइगर स्टेट के नाम से हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है आइए देख लेते हैं और किन नामों से इसको जाना जाता है तो इसको टाइगर स्टेट हृदय प्रदेश सोया स्टेट नदियों का माइक आता था लघु भारत के नाम से भी हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है साथ ही भारत का जो इथोपिया है वह भी इसी को कहा जाता है भारत का जो इथोपिया है वह भी किसको कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक कुपोषण है और सर्वाधिक कुपोषण के कारण ही इसे भारत का इथोपिया भी आपका कहा जाता है अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है चार ऑप्शन है घाटी पहाड़ मैदान या पठार तो इसका आपका रा राजस्थान में फेला पश्चिमी मैदान स्थित है गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम बनाता है पूर्व में बगेलखंड का पठार है तो दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्राय पठार प्रारंभ हो जाता है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि हैदी का आपका उद्गम होता है तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और अमरकंटक जो है आपका अनुपुर जिले में स्थित है प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है यहीं से मध्य प्रदेश की तीन नदियों का उद्गम होता है जिनमें पवित्र नर्मदा नदी आपके प्रमुख है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया यानी कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है तो यह जो नाम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश आपका नाम दिया गया है देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदेश देश के हृदय प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया है एक नवंबर 1936 को नवीन मध्य सॉरी उन्नीस को जो है आपका नवीन जो मध्य प्रदेश है उसका गठन हुआ था इकतीस अक्टूबर 2000 को इसके विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया अपने नाम के अनुरूप ये मध्य प्रदेश जो है भारत का केंद्रीय राज्य भी है इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहा जाता है और मध्य प्रदेश जो नाम है जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे इनके द्वारा जो है इसको यह नाम प्रदान किया गया है अगला क्वेश्चन है, हमारा इसके सही बनता है। या देख लेते हैं। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी भारतीय मानक मध्यान रेखा इक्कीस डिग्री छह मिनट उत्तरी अक्षांश छब्बीस डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा चौहत्तर डिग्री नौ मिनट से बयासी डिग्री अड़तालीस मिनट पूर्वी देशांतर की मध्य रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर जो है आपकी गुजरती है तो यहां से भी कई तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं की जाता है चार ऑप्शन है नदी घाटी ग्लेशियर वाटरशेड या जल स्रोत सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन सी वाटर से के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि यह जो मेकाल पहाड़िया आपकी विभिन्न नदियों का स्त्रोत है इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है सतपुड़ा और मेकाल श्रेणियों के जल संग्रहण या वाटरशेड क्षेत्रों को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है नर्मदा सोन महानदी ताप्ती पांडु कनार रिंद बिजुल गोपद और बनास उत्तर दक्षिण के पूर्व और लगभग समान बहती है और इन्हें मेकाल श्रेणी की ओर अपेक्षाकृत नरम नरम चट्टानों में विशाल जल द्रोणियाँ उत्कीर्ण की हुई है तो यहाँ से जो है बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है इसलिए इसको जो है वाटरशेड जो है कहा जाता है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है आपका माना जाता है इसलिए इसका नाम हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है चार ऑप्शन है मध्य भारत और मालवा के मध्य रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य मालवा और बुंदेलखंड के मध्य मालवा और सतपुड़ा के मध्य तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है कि नर्मदा सोन घाटी जो है आपकी मालवा और सतपुड़ा के मध्य जो है स्थित है ऑप्शन डी जो है इसका आपका राइट आंसर बनता है नर्मदा सोन घाटी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है मध्य प्रदेश की स्थलाकृति नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है यह संकीर्ण और लंबी घाटी है जिसका विस्तार राज्य से पूर्व से तक हुआ है। सोन घाटी तो जुड़ी जानकारी देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में बहती है चार ऑप्शन है पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम उत्तर और उत्तर पश्चिम या पश्चिम तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है बनता है ऑप्शन सी उत्तर और उत्तर पश्चिम है मध्य भारत के पठारों की जो नदियां हैं आमतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में आपकी बहती है बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित मध्य भारत का पठार में शिवपुरी मुरैना भिंड ग्वालियर जिले आते हैं और इस पठार की प्रमुख नदियों में चंबल काली सिंध और पार्वती है मध्य भारत से बहने वाली नदियों की दिशा आमतौर पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी है तो जैसा कि आपने देखा होगा चंबल काली सिंध और यह जो पार्वती नदियाँ हैं इनका जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तर और पश्चिम दिशा में जो है आपको देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ग्वालियर का पुराना नाम क्या है चार ऑप्शन है गोपगिरी रेवांचल गीतांजलिया ग्वादर तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गोपगिरी जो है आपका ग्वालियर का पुराना नाम है मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है जहाँ की विरासत का इतिहास बहुत पुराना है ग्वालियर का जो प्राचीन नाम था आपका गोपगिरिरी था और यहाँ ना, यह नाम यहाँ स्थित गोपा गोपांचल पर्वत के कारण पड़ा है ग्वालियर किले के ढलान वाले पर्वत को गोपांचल पर्वत आपका कहा जाता है पर्वत प्राचीन कलात्मक जैन मूर्ति समूह का अद्वितीय स्थान है काल परिवर्तन के साथ जब मुगल सम्राट बाबर ने गोपांचल पर जो है आपका अधिकार कर लिया था तो जो ऐतिहासिक शहर ग्वालियर जो है यह जो इसका पुराना नाम आपका गोपगिरी था साथ ही देखिए जो यूनेस्को की शहरों की सूची है उसमें ग्वालियर को और सॉरी मध्य प्रदेश का जो ओरछा शहर है इन दोनों को जो है आपका शामिल किया है तो जो यूनेस्को की शहरों की सूची है उसमें मध्य प्रदेश के दो शहर आपके शामिल है पहला है ग्वालियर और दूसरा है आपका ओरछा साथ ही ग्वालियर में जो है आपका ग्वालियर का किला भी स्थित है जिसे कि पूर्व का जिब्राल या किलो के रत्न के नाम से भी जाना जाता है और जिसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा जो है आपका कराया गया था तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जानापाव चोटी किस क्षेत्र का नाम है चार ऑप्शन है बुंदेखंड का पठा रीवा का पठारालवा का पठार है मेकाल, तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन सी कि मालवा का इंदौर जिले की में जानापाव पहाड़ी मालवा के पठार का भाग है यह मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई आठ सौ चौपन मीटर है जानापाऊप चंबल नदी का उदगम होता है साथ ही जो भगवान परशुराम थे उनकी जन्म स्थल भी जानापाव पहाड़ी को माना जाता है अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि पठार की सबसे तो बुंदेलखंड पठार की आपकी सबसे ऊंची चोटी है देख लीजिए इससे जुड़ी और कुछ और जानकारी बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है और जो सिद्ध बाबा पहाड़ी है ग्यारह सौ बहत्तर मीटर ऊंची है इस पठार की यह सर्वोच्च छोटी है जबकि इसकी औसत ऊंचाई आपकी 150 से 400 पचास एक सौ पचास से 450 मीटर तक है तो सिद्ध बाबा की चोटी जो कि बुंदलगन पठार की आपकी सबसे ऊंची चोटी है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि विश्व नंबर का है मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है चार ऑप्शन है नेनी ने, मंगलनाथ उज्जैन ग्वालियर या बैतूल तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मंगलनाथ उज्जैन को जो है आपका पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर माना जाता है मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है यहाँ पर चौरासी महादेवों में से सैतालीसवें महादेव है यहाँ पर जो चौरासी महादेव हुए थे उनमें से सैतालीसवें जो महादेव है हमारे यहीं पर स्थित है और मंगलनाथ को जो है पृथ्वी का केंद्र भी आपका माना जाता है तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी देखते हैं यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है चार ऑप्शन है भारत का शीर्ष भारत माता भारत का दिल या महाकोशल तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी भारत का दिल या हृदय प्रदेश या इसीलिए इसको जो है मध्य प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह पूरे देश के जो है एक हृदय के समान जो है आपका इसको देखने को मिलता है या इसकी जो भौगोलिक स्थिति हम अगर इंडिया के मैप में देखें तो एक हृदय के समान जो है प्रतीत होती है इसलिए है है इसको भारत का दिल भी भी भी कह कह कह कह सकते सकते सकते सकते हैं हैं हैं प्रदेश प्रदेश या चाहे तो तो मध्य जो अन्य नामों से बयासी डिग्री अड़तालीस मिनट पूर्वी देशान्तर में स्थित है राज्य नर्मदा नदी के चारों फैला हुआ है और भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय के समान जो है आपका प्रतीत हो होता है इसलिए सत्य है तो चंबल नदी जो है आपकी उत्तरी सीमा का जो है निर्माण करती है यहाँ पर जो है आपका सही जवाब बनता है यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है ताप्ती नदी के द्वारा जो मध्य प्रदेश की दक्षिण की प्राकृतिक सीमा है उसका निर्धारण किया जाता है सही है और आपके सत्या कथन है अर्थात चंबल नदी द्वारा प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित की जाती है वही ताप्ती नदी की बात करें तो इसके द्वारा प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया जाता है और मेकाल पर्वत मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को पहले कैसे जाना जाता था चार ऑप्शन है नेफा के नाम से निजाम के शासन के नाम से मध्य प्रांत और बरार के नाम से या संयुक्त प्रांत के नाम से तो इसका आपका ऑप्शन सी जो है सही जवाब बनता है कि मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत और बरार के नाम से आपका जाना जाता था देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश आपका चार स्टेटों में विभाजित था सेंट्रल प्रोविजेंस था बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए यानी कि स्टेट ए आपका बनाया नवीन मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार के नाम से भी जो है आपका जाना जाता था देखिए उन्नीस सौ छप्पन में जब इसका गठन हुआ इसके पहले जो है तीन भागों में विभाजित था पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी पार्ट ए की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपके नागपुर थी पार्ट बी की जो है आपके दो राजधानियां थी पहले थी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर वही जो पार्ट सी था इसकी आपके रीवा थी तो राजधानी भी यहां पर आपको बता दी और यह जो है पुनर्गठन से पहले कितने भागों में विभाजित था तो तीन भागों में आपका विभाजित था और इसके पहले जो है भोपाल इसकी राजधानी भी हुआ करता था लेकिन भोपाल को जो है उन्नीस में आपका जिला बनाया गया था उसके पहले भोपाल जो है आपका सीहोर जिले के अंतर्गत आता था तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं पर हमारा अगला क्वेश्चन के मध्य प्रदेश को पूर्व में रूप में जाना जाता था तो मध्य प्रदेश को पूर्व में पर के नाम से को आपका पूर्व में जाना जाता था मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण देश का हृदय प्रदेश तथा केंद्रीय प्रांत के नाम से भी आपका जाना जाता है वास्तव में मध्य प्रदेश सन दो हजार में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था लेकिन ब्रिटिश शासन के समय यह प्रदेश केंद्रीय पर्वत श्रंखला के जाबुआ पर्वत के तो जवाब बनता है ऑप्शन बी सतपुरा के जो उत्तर में जो है आपका कौन सा उत्तर पश्चिमी दक्षिण और डक्न का, का पठार, पठार, पठार, पठार स्थित है।, है और मालवा पठार भौतिक बनावट के तथा दक्षिण में डक्न लावा के पठान में जो है आपका विभाजित होता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है चार ऑप्शन है डिंडोरी बालाघाट सिवनी या अनूपपुर तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी बालाघाट मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से जो है आपके लगती है अगला क्वेश्चन यहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए बालाघाट दक्षिण मध्य प्रदेश का एक शांत सुंदर छोटा शहर है सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा शहर है इसे पहले बुरा या बुरहा के नाम से जो है आपका जाना जाता था और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो वह जो है आपका इसी जिले का है यानी कि बालाघाट जिले का है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि दमो का प्राचीन नाम क्या था चार ऑप्शन है दर्शन, तुंडी केर वया इनमें से कोई नहीं तो इसका जो आपका सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी टुंडीकर के नाम से दमो को जो है आपका प्राचीन नाम में जाना जाता था दमोह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित एक नगर है हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा है दमोह नगर प्राचीन गोंडवानी गोंडवानी कस्बा तथा दमोह का प्राचीन नाम तुंडी केर जो था तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है तो वर्तमान में जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के चौदह जिलों से होकर गुजरती है और उनके नाम इस प्रकार है उज्जैन रतलाम आगर आगरमालवा सीहोर राजगढ़ भोपाल विदिशा रायसेन सागर दमोह जबलपुर कटनी उमरिया और शहडोल इन चौदह जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि उज्जैन और महेशमती के महत्वपूर्ण नगर थे उज्जैन और महेशमती जो है किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण नगर थे चार ऑप्शन है पूर्वी मालवा पश्चिमी मालवा उत्तरी मालवा या दक्षिणी मालवा तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी पश्चिमी मालवा के उज्जैन और महेशमति जो है आपके महत्वपूर्ण नगर थे उज्जैन और महेशमति पश्चिमी मालवा के आपके महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे वर्तमान उज्जैन ही प्राचीन उज्जैन या अवंती के नाम से आपका जाना जाता था इसी तरह वर्तमान महेश प्राचीन समय में क्योंकि उज्जैन में हर, हर वर्ष के बाद जो है आपका कुंभ का मेला लगता है साथ ही महेश्वर जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पूरे देश भर में जो है प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है चार ऑप्शन है इंदौर मेहर भोपाल भोपालिया उपरोक्तम से कोई नहीं तो जो मेहर है इसको जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के रूप में आपका जाना जाता है देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी अध्यात्म और संगीत की नगरी मेहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी आपका कहा जाता है मेहर सतना जिले में स्थित एक खूबसूरत धार्मिक नगर है और मेहर में माँ शारदा का ऐतिहासिक मंदिर भी है देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि माँ शारदा जो ऐतिहासिक मंदिर है कहां पर स्थित है तो आपका मेहर में स्थित है और मेहर जो आपका माँ शारदा की जो पीठ है यहाँ पर जो है एक सौ आठ शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर जो है यह शक्तिपीठ स्थित है इसे नरसिंह पीठ के नाम से भी आपका जाना जाता है तो इसी के साथ हमारा जो आज का यह पार्ट थ्री था वह भी कंप्लीट होता है तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा थैंक यू वेरी मच